करके देखना है छूके <laughs> देखना है क्या है? <laughs> कुछ और सोच के आ गए आप पे आगे ना? <laughs> सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन बिकॉज लाखों लोगों ने रजिस्टर किया हुआ मेरी वेबसाइट पे उसमें से रैडमली जो हमारे कंप्यूटर जी हैं उन्होंने आप लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट करें सो बिग राउंड कितने पुराने पापी बैठे हैं आप में से यानी कि मेरी कितने ऐसे जिन्होंने मेरी बहुत सारी वीडियोज देखी है हाँ, सारी देखी है कोई ऐसा भी खच्चर है यहाँ पर जिसने मेरी एक भी वीडियो नहीं देखी फिर भी आ गया है नहीं हाँ? नहीं है तो हाथ उठाएगा घबरा आ गया है। हो जाता है मैसेज ना को मतलब मतलब दिल दिल की की मेरी इतनी इतनी गई कभी नहीं जब मैं देखेगी आपकी याद रखना, छोड़ देगी। बहुत मजा आ देख के पहले लड़कों को ऐसा मतलब में आता था, कहीं और ही रहा रहा है, रहा है, हाँ। वक्त तो बदल मेरा न्यू हाँ। तो मेरे लड़के ने आपका गर्ल फ्रेंड यहाँ रखना बड़े अमीर हो गए अरे हां तो सर हाँ। मतलब मेरे व्हाट्सएप पे बोलते थे ये नहीं कर पाया क्या करेगा क्या करेगा हाँ। हाँ। सोच तो फिर मैंने तो क्या कर लूंगा तो एक बंदा था मतलब जो मेरे मोबाइल पे था वो कह रहा था कि आसान है आसान है निकलता है यार कौन था वो कौन था वो ओ अच्छा आई लव यू यू हैं क्रश ऑन यू अच्छा और लड़कियां आ गए मुंह करके शर्मा रही हैं ये तो मेरी बात कह रही है मेरे दिल की बात बोल गई हेलो सर सर आप दोनों साथ में पहले पहले लड़ो एक दूसरे के बाल खींचो नोचो एक दूसरे को जो जीतेगा वो बोलेगा ऐसे ही होता है लाइव स्टेशन आप लोगों को पता नहीं है लड़वा देता हूँ मैं यहाँ मुझे यहाँ सफल हो गया हाँ ये आई कोई मजेदार बात <laughs> आप में से जिन लोगों के पास में भी कोई क्वेश्चंस हैं, जैसे ही आप वो क्वेश्चन पूछेंगे तो हम एक तरीके की एक बोटिंग करेंगे जिस क्वेश्चन पे ऑलमोस्ट सब लोग अपने हाथ ऊपर करेंगे या मैक्सिमम लोग अपने हाथ ऊपर करेंगे बस उन्हीं क्वेश्चंस के मैं जवाब दूंगा सार, सार, सार। आप बोलिए so, हम जो एज है इस टाइम सबकी ट्वेंटी टू ट्वेंटी के बीच में हो गया तो इस टाइम पे एक सबसे बड़ा डिसीजन होता है करियर तो सर वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट ग्रेजुएशन या ट्वेल्थ के बाद बिजनेस करने लग जाओ या फिर अपनी लाइफ की सिक्योरिटी एक्सपेक्ट करो और उसके लिए एम करने जाओ और फिर चाहो कि हमें जॉब मिल जाए एटलीस्ट फिफ्टी सिक्सटी थाउजेंड की जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो हमारी फैमिली सिक्योर हो और बिजनेस ना करो क्योंकि उसमें लाइफ का रिस्क है हाँ उसमें बहुत बड़ा रिस्क है कितने चाहते हैं ये हो आज में? मतलब आई वॉन्ट हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो ये डिसीजन कैसे लें कि हम बिजनेस करें या जॉब करें नंबर वन आपको खुद को देखना है कि आपके अंदर से कितना स्ट्रांगली आ रहा है कि मुझे बिजनेस करना है या फिर औरों को देख करके किसी को देखा क्योंकि तो पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है बहुत सारे ऑंट्रप्रन हैं उनका लाइफ देखा कि अरे एक से भड़कर एक गाड़ियाँ है ये है पैसा है ये वो, सब कुछ है उसको देख करके क्या हमारे अंदर से आ रहा है या खुद हमारे अंदर से आ रहा है कि नहीं मैं तो I'm made for this only. Then risk रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है अभी अगर कुछ हो गया एक दो साल के अंदर अंदर नथिंग लाइक इट बहुत ही बढ़िया है और कुछ नहीं हुआ तो अभी भी एमबी का ऑप्शन तो ओपन है ही क्योंकि बिजनेस में क्या है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज पॉसिबल इन जॉब इट इज नॉट पॉसिबल इन जॉब एवरीथिंग टेक्स टाइम वहां पर बहुत पेशेंस चाहिए भले ऐसा नहीं है कि आपका डेली इंक्रीमेंट होगा इट्स नॉट पॉसिबल जी साल वेट करना पड़ता है नहीं करना बिजनेस में डेली होता है इंक्रीमेंट डेली ऑलमोस्ट अगर बिजनेस क्लिक कर गया तो हमारे पोटेंशियल पे होता है सर। हाँ आपके पोटेंशियल पे भी होता है आपके आइडिया पे होता है जो आगे क्लाइंट से उनके एक्सेप्टेंस पे होता है आपने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा सोच करके कुछ किया लोगों ने यार क्या बकवास है खेल खत्म तो जब ये दो चीजें जाकर के मिल जाती है ना यानी अगर देखा जाए तो दो चीजें मैं बोल रहा हूं लेकिन है एक ही चीज आपकी समझ के सामने वाले बंदे को क्या चाहिए अगर ये गहराई से हमको समझ आ जाए तो बिजनेस में आप बहुत आगे जा सकते हो तो आपको सबसे पहली चीज ये देखनी है कि डू यू रियली फील कि आप चीजों को समझ पाते हो जैसे मेरे सेशंस देखते हो तो कितना डीपली समझ आता है या फिर कोई सेशन है जिसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट हो रहा है तब तो मजा आता है जैसे ही सेशन डीप होता है एकदम लिंक टूट जाता है आप कहते हैं तो यार ये क्या कचर हो रही है ये समझ नहीं आ रहा सब ऊपर से जा रहा है तो देन बिजनेस इज नॉट फॉर यू बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग नथिंग एच इट्स नॉट अबाउट फुलफिलिंग योर डिजायर्स बहुत लोग बहुत डिजायर्स की वजह से बिजनेस करते हैं बुरी तरह से फेल हो जाते हैं अपना सब कुछ लगा देते हैं बाद में पता लगता है कुछ भी नहीं आया यहाँ से तो यानी आप कह सकते हो ये दुनिया के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक साइंस है कि भाई कैसे बिजनेस किया जाए कैसे पैसा कमाया जाए कम से कम टाइम में कैसे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ा जाए बट इस कॉम्प्लिकेटेड चीज को क्या हम सिंपल करने का हमारे अंदर पोटेंशियल है जैसे सिलीकॉन वैली में क्या बोलते हैं कि अगर जो भी आपका बिजनेस प्लान है उसको अगर आप एक पेज के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट मीन्स इट इज़ अ गुड आइडिया अगर आपको बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ रही है अपने आइडिया को समझाने के लिए 50 पेजेस 100 पेजेस लगा करके आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हो फिर उसको समझा रहे हो देन बिजनेस आपके लिए नहीं है जी देन इट इज़ नॉट अ गुड बिजनेस आइडिया क्योंकि आपको बहुत कन्विंस करना पड़ रहा है एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इसमें एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है जो भी बिजनेस होता है मतलब दैट इज एक्सट्रीमली सिंपल कि ये मार्केट नीड है इस नीड को मिस तरीके से पूरा करने वाले हैं खाता उसमें और क्या चाहिए साइंस एंड मोर ऑफ एन आर्ट आर्ट क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज को क्या आप सिंपल कर सकते हो ये आर्ट है आपके अंदर एक काम को करने के कितने तरीके होते हैं क्या एक ही तरीका होता है या बहुत सारे ये बिजनेस माइंड है जॉब में ऐसा माइंड होगा तो आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे दोनों में मैं कोशिश करूंगा जितना क्लियरली आप लोगों को फर्क बता सको एक होती है लीनियर थिंकिंग सीधा सीधा चल रहे हैं जॉब में क्या होता है ऊपर से जो ऑर्डर आया है उतना ही करना है अगर उससे ज्यादा आपने दिमाग लगाया तो सबसे पहले आपको बाहर किया जाएगा उस कंपनी से होता है नहीं होता है yes, तो अब आपका माइंड अगर ऐसे ऐसे चलता है देन बिजनेस आपके लिए बिल्कुल नहीं है कि आपने पहले ही अपने माइंड में बिठा लिया कि बिजनेस के लिए तो पैसा चाहिए ही चाहिए ये मेरा बिजनेस प्लान है इसके लिए बीस लाख रुपये चाहिए ही चाहिए अब लोन आएगा ये होगा वो होगा तो बिजनेस आपके लिए बिल्कुल नहीं है वो बीस लाख रुपये दर इज अस्ट्रॉग पॉसिबिलिटी डूब जाएगा ये बिल्कुल ही लीनियर थिंकिंग है बिजनेस में कैसी थिंकिंग चाहिए? कि ये मुझे काम करना है फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री लगानी है। उसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए 20 लाख रुपए तो बिजनेस में कैसा दिमाग चलता है, कि अगर ये काम करना ही है तो उसके लिए फैक्ट्री लगाने की जरूरत है ऐसी फैक्ट्री है या नहीं है हाँ ऐसी फैक्ट्रीज है तो क्या मैं उनसे टाइप करके अपने ब्रांड से इसको नहीं निकाल सकता हूं उसमें कितना पैसा लगेगा दस बीस रुपए स्टीकर लगाना है उसके ऊपर बॉटल मिलती है मार्केट से उसमें वो प्रोडक्ट उसको दिया उसने भरा वो लगाया दस रुपए में काम शुरू <laughs> समझे मतलब एक काम को करने के हजारों लाखों रास्ते हैं अगर ऐसे आपका दिमाग चलता है then definitely business आपके लिए है। नहीं तो क्या होगा आप एक काम को शुरू भी कर दोगे फिर जैसी प्रॉब्लम आएंगी वहां पे स्टॉक हो जाएगा आपका माई बिजनेस में क्या चाहिए होता है कि आपने काम किया यू नेवर गिव अप ऐसा एक एटीट्यूड होता है बट नॉट इन अ वे जैसा हम नेवर गिव अप को समझते हैं हम नेवर गिव अप का मतलब क्या समझते हैं लगे रहो एक काम नहीं हो रहा उसको लगे रहो यहां पे हमें कील ठोकने की कोशिश कर रहे हैं कील अंदर नहीं जा रही है लगे रहो बी परसिस्टेड अरे आप हजार साल तक लगे रहो तब भी वो अंदर नहीं जाएगी। बिजनेस माइंड किसे कहेंगे कि आपने हल्का सा पोजिशन चेंज करके देखी हो सकता है जहां पे अभी आप कील ठोक रहे थे वहां पे पीछे है हो का जिसकी वजह से वो कील अंदर नहीं जा रही है। कील टेढ़ी हो रही है लेकिन अंदर नहीं जा रही है बिजनेस क्या कहेंगे चल कील को हल्का साइड करके देखता हूं किया एक सेकेंड में अंदर लोग लगे हुए हैं सौ सौ साल से ठोकने के लिए कील उनकी कील हिल भी नहीं रही है कील टेढ़ी हो रही है समझ गए कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं उनको समझ ही नहीं आ रहा है आपके लिए खेल है, आप लिए है। जितना अपने आप को, एक और बात निकल के आ रही है जितना आप अपने आप को और जगह पर रख करके देख पाते हो लाइफ में उतना बिजनेस आपके लिए है बिजनेस में अपने आप को दूसरे की जगह पर रख करके सोचना होता है कि जिसकी वजह से बिजनेस चलेगा यानी कि जो क्लाइंट्स उनको एग्जैक्टली exactly क्या चाहिए अपने आप को भूल जाना होता है मुझे क्या चाहिए उसको छोड़ देना होता है मैं क्या हूं? उसको छोड़ देना होता है अपने आप को पूरी तरह से वो बंद करके जिसके लिए आप वो काम कर रहे हो फिर सोचना होता है कि अब मैं ये कर रहा हूं तो इसके क्या प्लस है क्या माइनस है और अगर इसको डीपर लेवल पर अगर आपको बताओ आप सामने वाले के दर्द को अगर आप फील कर सकते हो सामने वाले के इमोशंस को आप फील कर सकते हो कुछ लोग है ना वो फील नहीं कर सकते मतलब किसी को बोल रहे होते हैं, जैसे ग्रुप में आप खड़े हो चार पांच दोस्तों के साथ में मैं बड़ा बारीकी से आपको बता रहा हूं मतलब कर इसका आप एब्जॉर्व करोगे बड़ा मजा आएगा चार पाँच दोस्तों के साथ में आप नोट करोगे कोई बंदा होता है वो उन चार में से किसी एक का मजाक उड़ाया जा रहा है उड़ाया जा रहा है उड़ाया जा रहा है उसको बुरा लग रहा है लेकिन इसको पता ही नहीं लग रहा कि उसको बुरा लग रहा है जब तक दुकान के नीचे उसके ना लगा दे समझ गए तो बिजनेस आपके लिए नहीं है अगर आप सेंसिटिव हो यानी कि जैसे ही ऐसा कुछ हो रहा है तो शुरू में तो आप हंसे सबके साथ में फिर जैसे ही आपको नजर आया कि उस बंदे को बुरा लग रहा है तो या तो आपने उसको रोका या आपको भी बुरा लगना शुरू हो गया कह रहे नहीं यार हो रहा है यह नहीं होना चाहिए तो बिजनेस आपके लिए है हारी अब पकड़ कि आप बहुत सेल्फिश नहीं हो बिजनेस में सेल्फिश लोग नहीं चलते हैं हाँ घपले में चलते हैं तो घपले की बात नहीं हो रही है यहाँ पर बात हो रही है एक सही रास्ते से ईमानदारी से सही तरीके से एक बिजनेस करने की फ्रॉड करने की नहीं तो समझ गए इट्स नॉट जस्ट अबाउट माइंड इट्स ऑल्सो अबाउट हार्ट दोनों अगर आपके पूरी तरह से काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं आपका दिल भी आपका दिमाग भी तो बिजनेस में बहुत आगे जा सकता है